सर so, नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आयुष्मान कार्ड के बारे में मतलब जो आप लोग पाँच लाख का फ्री में हेल्थ कार्ड बनवा रहे हैं वो खुद से कैसे बना सकते हैं और के वाई कैसे कर सकते हैं दोस्तों तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों उसके लिए आपको अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर दोनों भी दोस्तों हो जाएगा कोई सभी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और ब्राउज़र ओपन होने के बाद दोस्तों आपको ये वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्सन में दे रहा हूँ इस पर से डायरेक्टली आप चले जाइएगा और यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये वाला ऑप्शन दोस्तों है आप इस पर अपना सर्च भी कर सकते हैं यहाँ से केवाईसी भी कर सकते हैं और यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं फिर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले रजिस्टर करेंगे दोस्तों अपना मतलब सूची में नाम जोड़ेंगे दोस्तों यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना होगा यहाँ पर आधार नंबर डालना होगा और सर्च कर दीजिएगा दोस्तों क्योंकि मैं अभी बनाने वाला नहीं हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए वेबसाइट ओपन की ये दोस्तों सेल्फ रजिस्ट्रेशन के लिए है ना कि आपको किसी सीएससी सेंटर पर जाने की ज़रूरत पड़ेगी आप घर बैठे खुद से ही बना सकते हैं तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आए होगी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें